पापा हाँ बेटा हाँ। ये लो लड्डू खाओ <laughs> अरे किस खुशी में पास हो गया क्या What? नहीं फर्स्ट आया हूँ <laughs> हाँ। हाँ, तो किया तो <laughs> तो ये ये तो बता किस खुशी में ये मिठाई <laughs> आ, वो आज से दस महीने पहले आपने मुझसे कहा था कुछ बन जा हाँ। तब तेरी शादी करा दूंगा <laughs> हाँ याद है क्या बन गया बेटा तू पापा बन गया हूँ मैं ये देखिए इनका चेहरा ही देखिए चेहरे पर ऐसी चमक देखिए तो तो हम तब से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोई नहीं पढ़ रहा है आपको देख रहे इतनी देर से लगातार अपने कमरा बंद करके पढ़ाई जारी रखो कहा मोटिवेशन है कहां से, से? भैया बस इस बार निकाल लेंगे इस बार अरे इसका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा जी ये देखो तो तो रुको जरा। तो आ, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह का रूटीन है आपका थोड़ा सा पढ़ाई में। क्या बात में अरे नहीं ना वो थोड़ा सा किताब दिखाइए जो है आपका यहाँ पे अरे भाई तो टैग और क्लासमेट के फेल होने पे हमें घर से बाहर फेंका जाएगा फेल होने पे हमें घर से बाहर फेंका जाएगा और एग्जाम के एक रात पहले हर स्टूडेंट यही सोचता है एक काम करता हूँ सो जाता हूँ जो होगा सुबह देख बेटा पढ़ रहे हो आंटी अच्छा साजा कौन था? पता नहीं। कभी पढ़ भी लिया करो अच्छा आंटी हाँ रमेश नीतीश मुकेश कौन है मुझे कैसे पता होगा कभी अपनी बेटी पे भी ध्यान दे दिया करो Yes? मैंने आपको लाइक करने लगी है। है प्यार करना है? तो प्रकृति से करो पौधों से करो पंछियों से करो एक काम करो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ इसका जाप किया करो। अरे पागल मरवाएगी क्या पीछे मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है ये मेरा नंबर रात में कॉल कर आराम से बात करेंगे मेरी जान अरे सर आप बिना दाल की रोटी कैसे खा रहे हैं हट बुड़ब हम गणित का टीचर हैं हम दाल को मान लिए हैं तो इन मेन से ऐसी मेन सबसे ज्यादा धोखे कौन देते लड़के या लड़कियां? लड़कियां क्या बोला तूने? आपके हिसाब से हर लड़की धोखे बात है लड़की, हा, हा, लड़की। क्या सोच है आप लड़कियों के बाद बोल रहे हो मैंने लोगों को धोखा दिया है कितनी और समय आई लव यू आई लव यू टू